बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन में हम बात करने वाले हैं वन कोड एप्लीकेशन के बारे में आप इस ऐप से अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से आपको करना है तो फाइनली हम आपको आप दिखाएंगे कि वन कोड एप्लीकेशन क्या है किस तरीके से काम करता है ये सारी चीज़ें तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपको जो है मैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है तो ये हमारा रहा वन कोड एप्लीकेशन और वन कोड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुल के आएगी अब इसमें कैसे काम करना है और क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं जैसे आप मुझे पहले इसमें देखेंगे कि मुझे पेड हो गया है पाँच सौ ये मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं और ढाई अभी जो है वो मुझे आने बाकी हैं यहाँ पर आप नीचे देखेंगे होम ब्रांड ट्रेनिंग कस्टमर और प्रोफाइल तो अब अगर हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी यहाँ पे माई अर्निंग दिख जाएगी यहाँ पे कितनी अर्निंग आपने की मैंने टोटल आठ सौ रुपये की अर्निंग की आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर आपके पास कितने कस्टमर हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे आप ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन में जा करके वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद उसको बेटर करने के लिए आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाती हैं जो यहाँ से आप ट्रेनिंग में इनोल होकर जान सकते हैं ब्रांड में आएँगे तो यहाँ पे यही सबसे मेन चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे रिचार्ज अगर आप करते हैं तो दो परसेंट का कैशबैक आपको मिलना ही मिलना है उसके बाद अगर जो सबसे ज़्यादा है वो है डीमेट अकाउंट अगर आप किसी का डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं जैसे पेटीएम का डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करा देते हैं तो आपको तीन मिलेंगे आप का करा देते हैं तो चार सौ पचास का कराते हैं तो पाँच सौ तो इस तरीके से धन है और फाइव पैसा है इस तरीके से तरह तरह के जो है जो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट का देखेंगे तो जुबीटर हो गया जो ख़ास ख़ास एक्सिस बैंक है कोटेक है ये सब चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल के आएगा जब आप रेफ़र करेंगे होम सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वापस है जिसका आपने कर दिया है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको कमीशन क्या आएगा वो दिखा देगा कि किसका क्या हुआ जैसे आप देखो यहाँ पे मुझे पचास रुपये आया कमीशन और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जितना भी आपने किया है सारे पाँच सौ आप यहाँ देखेंगे ये हमको कमीशन आया तो इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफ़र देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका आई कार्ड मिल जाएगा अच्छा इसमें अब काम कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है वहां से आप जा कर के इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जो है उसे अपना आधार कार्ड पेन कार्ड और बैंक अकाउंट से उसको वेरीफाई कर लें जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे आपके सामने आपका डैक्सबोर्ड पूरा ऐसा ओपन हो जाएगा और आप यहाँ ब्रांड पे जाने के बाद डी अकाउंट एग्जाम्पल देता हूँ डी अकाउंट पर आप ओपन करेंगे और ऑप्शक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर नाव का ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो आपको लर्निंग का ऑप्शन आएगा तो आप लर्निंग करने पहले अगर आपको लर्निंग करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जो है मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा और उसके बाद यहाँ से आप शेयर करें और आपने जो है दोस्तों में सोशल मीडिया पर वो शेयर करके आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर एक दिन में आपने एक बंदे का कोटे का अकाउंट दो सौ का और ग्रो का अकाउंट एक खुलवा दिया तो सात सौ मतलब इस हिसाब से जो है आप लगभग महीने का इक्कीस हज़ार रुपये के आसपास जो है वो कमा सकते हैं तो ये चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे आपके पास आधार कार्ड नहीं है पेन कार्ड नहीं है बैंक खाता नहीं है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूसरी एक लिंक दी हुई है जिसमें आप जो है हमारे मेंबर uh, बन सकते हैं हमारे ग्रुप के और वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं तो मेंबर की जो लिंक uh, है वो जस्ट जो है वो ग्रो एप्लीकेशन वन कोड एप्लीकेशन के नीचे ही है वहां से आप क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल करके ओटीपी आएगा सबमिट करें और अपना काम करना चालू करें आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी आपको इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है और एक चीज़ आपको बता दें कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको जो है वन कोड एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको जो है अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का चांस मिले और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें हम उसका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कोई तकलीफ होती है आपको बताए हमें वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया